मोहम्मद है वही खत में रसुल है मकद मुरादी है वही वाली कुल है अहमद है मोम्मद है वही ख़त्म रसूल है मकदुम मुरादी है वही वाली कुल है उस पर